सिंगरौली में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता है इन सभी के रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है सिंगरौली में अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता सीजन फाइव का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी भारतीय दंगल प्रतियोगिता समिति के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने प्रतियोगिता के व्यवस्थापक एवं सदस्यों की उपस्थिति मिली सुरेश शर्मा ने बताया कि आगामी चार से पांच फरवरी को अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता सीजन फाइव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर से करीब तीस महिला एवं पुरुष पहलवान भाग लेंगे इसके साथ ही प्रतियोगिता के संरक्षक गिरीश द्विवेदी ने बताया कि स्थानीय पहलवानों को भी विशेष रूप से इस आयोजन में प्राथमिकता दी गई है जिसमें सिंगरौली सीधी और रीवा एवं समूचे संभाग के युवा भाग ले सकते हैं कमेटी के अन्य सदस्यों के लिए भी रुकने खाने की व्यवस्था की है वहीं अतिथियों की व्यवस्था की रूपरेखा भी सदस्यों द्वारा तैयार कर ली गई है अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता कमेटी के सदस्यों ने समस्त नागरिकों ऐसी अपील की है की आगामी चार एवं पांच फरवरी को चुन स्टेडियम में पहुँच दंगल प्रतियोगिता को सफल बनाए कई वर्षो हुआ लेकिन दो तीन सालों से कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया था कुछ परमिशन और कुछ स्वास्थ्यगत सुरक्षा के कारण वह दंगल फिर से चार और पाँच फरवरी को अपने चून कुमारी स्टेडियम में हो रहा है उसी की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम ऐसी आज की अब प्रेस वार्ता वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें